प्रिय दर्शकों नमस्कार 30 मई 2019 का दैनिक राशिफल कैसा रहेगा और आज का दिन भारत के लिए कई मामलों में खास रहने वाला है क्योंकि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे और आज का शपथ ग्रहण ये जो समारोह रहेगा ये विशेषकर नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि चंद्रमा का जो गोचर रहेगा ये मीन राशि में चंद्रमा रहेंगे और बुद्ध का नक्षत्र रहेगा गुरुवार दिन रहेगा

ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष है और एकादशी तीन एकादशी जो तिथि है दर्शकों ये बहुत अच्छी तिथि मानी जाती है और धर्म कर्म के काम इस बार इस सरकार में बहुत ज़्यादा होंगे क्या क्या होगा इस पर हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे और बताना चाहेंगे कि आज का अमृत काल जो रहेगा दर्शकों बीस बजकर तीन तीस मिनट से अर्थात रात को साढ़े आठ से बाईस बजकर तेरह मिनट तक रहता है यदि इस समय में

नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण ले लेते हैं तो यकीन मानिए दर्शकों कि भारत को विश्व गुरु बनने से इन पाँच सालों में कोई नहीं रोक सकता है तमाम विकास की योजनाएं चलेंगी पहले से ज़्यादा जो है निर्माण कार्यों में तेजी आएगी और एक बात बताएं कि जो पुराने कुछ मंत्री थे कैबिनेट मंत्री थे उनमें काफी बड़ा फेरबदल होने वाला है

खास करके फाइनेंस वित्त को मामलों को लेकर के जो है होगा और होम के मामले ग्रह के मामले को लेकर होगा और भी तमाम ऐसे मंत्रालय हैं ऊर्जा क्षेत्र चाहे आपका हो गया चाहे आपका विदेश मंत्रालय हो गया तो इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जिस प्रकार से हमारी जो भविष्यवाणी थी कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे बीजेपी की कुंडली क्या कहती है

तो उसी प्रकार से दर्शकों एक बार हम आप लोगों को संक्षिप्त ये बता रहे हैं कि इस बार ये चीज़ें होंगे तमाम जो है नए चेहरे इस बार शामिल होंगे तो चलिए दर्शकों पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं और एक बात और बता दें कि यदि नरेंद्र मोदी जी 8 बजे के बाद शपथ ग्रहण समारोह करते हैं उस समय की जो कुंडली बनती है तो वृश्चिक जो है लग्न उदित हो रहा है

और देखिए जुपिटर जो है वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है और गुरु और चंद्रमा का नव पंचम संबंध स्थापित हो रहा है चंद्रदेव इनके पंचम जो पंचम घर होता है ये यश का होता है कीर्ति का होता है तो ये इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा पूरे विश्व में ये फिर से एक बार जो है जो अभी तक इनकी छवि बनी थी उससे कहीं ज़्यादा छवि बनेगी और भारत को तमाम ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी तमाम ऐसे जो है ए, क्या कहते हैं भारत को उपलब्धियाँ हासिल होंगी कि जिसके बारे में हम भारतवासियों ने कभी कल्पना भी नहीं की

तो ये सब चीजें रहेंगी करण रहेगा वालो इसके उपरांत कौलो करण रहेगा बुद्ध का नक्षत्र रेवती नक्षत्र रहेगा सूर्योदय होगा प्रातः पांच बजकर चौबीस मिनट पर और सूर्यास्त होगा शाम को उन्नीस बजकर तेरह मिनट पर चंद्र राशि रहेगी मीन सूर्य राशि रहेगी वृषभ

और आज के राहु काल का जो समय रहेगा चौदह बजकर 2 मिनट से लेकर के पंद्रह बजकर 45 मिनट तक की रहेगा कोशिश करिएगा इस दौरान आप लोग शुभ कार्यों को मत करिएगा और शुभ कार्यों को यदि करना होगा तो आज रात का समय है बीस बजकर 30 मिनट से बाईस बजकर 13 मिनट तक का या आप अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं ग्यारह बजकर इक्यावन मिनट से बारह बजकर छियालीस मिनट तक का जो समय रहेगा अभिजीत मुहूर्त का रहेगा इसमें आप शुभ कार्यों को कर सकते हैं अपरा एकादशी का जो है जो व्रत है

आप लोगों को रहना है और कोशिश कीजिएगा एकादशी तिथि चावल मत खाइएगा गुरुवार दिन रहेगा दक्षिण दिशा की ओर दिशा रहता है और आज के दिन यदि आपको दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करनी हो तो कोशिश कीजिएगा कि दही का सेवन करके तब यात्रा पर निकलिएगा आपकी यात्रा शुभ होगी अपने जेब में थोड़ी सी पीली सरसों और एक हल्दी की गाछ डाल करके तब जाइएगा चलिए दर्शकों मेष राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है तो मेष राशि के जातको आज आप अपनों के मध्य बहुत ज्यादा लोकप्रिय होते हुए नजर आएंगे व्यावसायिक रूपों व्यावसायिक रूप से चीजें सुचार

रहेंगी और आज आपको अच्छी प्रगति प्राप्त होती हुई नजर आएगी आज आपकी आमदनी बढ़ेगी और आपको आर्थिक लाभ प्राप्त करने के नए रास्ते मिलते हुए नजर आ रहे हैं भाई बहनों

और बड़ों के साथ आपका संबंध प्रेमपूर्वक सौहार्दपूर्ण रहेगा आज विदेश से कोई आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी इसके साथ आज के दिन आपका खर्च बहुत अधिक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है परिवार के सदस्यों के साथ छोटी यात्राओं पर भ्रमण पर आप निकल सकते हैं विदेश यात्राओं का भी योग बन रहा है कोशिश कीजिएगा आज के दिन आप विष्णु सहस्त्र का पाठ करिए और यदि हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक बार जाप करिए पीला रंग आपके लिए शुभ रहेगा अंक छः आपका शुभ अंक रहेगा

हमारी राशिफल की अगली राशि आती है वृषभ राशि तो वृषभ राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा तो व्यवसायिक संदर्भ में आशावादी दृष्टिकोण के साथ कार्यस्थल पर बहुत ज़्यादा आज आप ऊर्जावान रहेंगे अपने व्यवहार में थोड़ी सी सौम्यता लाइएगा तो चीजें आपके अनुकूल होती हुई नजर आएगी आज आपको योग्यता अपनी योग्यता के अनुसार आज आप नई नई नौकरी नया जॉब पाते हुए नजर आएंगे और लाभ के तमाम अवसर आज आप उठाते हुए नजर आएंगे आज आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई नजर आ, आजा आजा आजा आजा आजा आजा आ, आ रही है धन संबंधी कोई लाभ आज आपको होता हुआ नजर

आ रहा है आज बच्चों से खुश रहेंगे और अपने जीवन साथी के साथ संतोष पर जीवन का लाभ उठाएंगे स्वास्थ्य के संदर्भ में भी कुछ आज चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ सकता है फिलहाल सितारे यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा रेस्ट करिएगा आराम करिएगा यात्राओं का योग आज के दिन बन रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि चावल का सेवन मत करिएगा और हो सके तो पीपल के वृक्ष के नीचे आज आपको गंगा से अर्पण करना रहेगा पीपल वृक्ष पर

शुभ कलर की बात करते हैं तो आज के लिए आपका शुभ कलर रहेगा क्रीम शुभ अंक की बात करते हैं तो आपके लिए दो अंक सर्वथा शुभ रहेगा हमारी अगली राशि आती है मिथुन राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो नौकरी पेशा जातकों के लिए समय अनुकूल फिलहाल तो जो है दिख रहा है आज आपको उच्चाधिकारियों के द्वारा कोई विशेष रूप से कोई इनाम मिलता हुआ नजर आएगा कोई मान कोई सम्मान कोई पद और कोई प्रतिष्ठा प्राप्त होती हुई नजर आएगी कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आज मिथुन राशि के जातकों को मिल सकती है

जी हाँ आज कोई नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं यदि कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उसमें आज आप सफल होते हुए नजर आएंगे संतान के साथ आज घूमने फिरने के लिए आप बाहर जा सकते हैं परिवार के साथ धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है आज अपने काम को अपने परिवार के समय में बाधा न बनने दें तो बेहतर रहेगा कुछ समय निकाल करके अपने परिवार पर दीजिएगा और एक बात और बता दें कि आज कोई नया प्रेम संबंध भी आप लोगों का स्थापित होता हुआ नजर आएगा तो प्रेम संबंधों के मामले में आज का दिन अच्छा रहने वाला उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज

आप लोग लक्ष्मीनारायण मंदिर जाइए और वहां पर पीले वस्त्रों का दान करिए किसी ब्राह्मण को अथवा किसी गरीब को

शुभ कलर पर आ जाते हैं तो आज के लिए आपका शुभ कलर येलो रहेगा शुभ अंक आपका तीन रहेगा हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो आज का दिन बहुत अधिक अनुकूल जो है ए, रहने वाला है आज भाग्य का आपको प्रॉपर साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है स्वास्थ्य के संदर्भ में कुछ छुटपुट जो है चीज़ें रहेंगी आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा और यदि कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड जो है मामले चले आ रहे हैं तो आपके पक्ष में फैसला होगा वहीं छोटे भाई बहनों से कुछ बात विवाद हो सकता है

और आर्थिक संदर्भ में धन से संबंधित जो रुकावटें आ रही थी, उसमें आज वो अवरोध खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। धन संबंधी आज, आज आपको फिलहाल बहुत अच्छा लाभ दिख रहा है कार्य स्थल पर प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आज आप कृत संकल्प रहेंगे आज प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्वेक्षक यदि आप हैं यदि कोई टैक्स इंस्पेक्टर हैं

या कोई औद्योगिक सलाहकार के रूप में आज आप कार्य कर रहे हैं तो कुछ अतिरिक्त आय भी आपको प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है आज आपको प्रमोशन भी मिलेगा और अपने मनचाही जगह पर ट्रांसफर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा कर्क राशि के जातकों को तो कर्क राशि के जातकों आज कोशिश कीजिएगा कि पीपल के वृक्ष पर आपको दूध से अर्पण करना रहेगा और यदि हो सके तो पुस्तकों का दान छोटे बच्चों को जरूर करिए और शुभ कलर आपके लिए रहेगा येलो शुभ अंक आपके लिए रहेगा एक

राशिफल की अगली राशि आती है लियो अर्थात सिंह तो सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन लेकिन दर्शकों 7, 8 नौ तारीख को जबलपुर में मिलना मत भूलिए और 15, 16, 17 तारीख को जो है देहरादून में रहेंगे तो आप लोग आ सकते हैं

तो सिंह राशि के जातकों आज आपकी लोकप्रियता अपने चरम पर रहेगी और बहुत दूसरों आपके कारण बहुत दूसरों दूसरे पर प्रभाव बहुत अधिक पड़ता हुआ नजर आएगा यदि आज, आज आप अधिकारियों के साथ टकराव करने से बचते हैं तो आपके लिए ठीक रहेगा आज शत्रु आप पर हावी रहेंगे और पेट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है चाहे वो लीवर हो चाहे आपका पेट हो तो पेट से बड़ा सावधान रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं पारिवारिक जीवन खुशहाल पूर्वक रहेगा आज आपका आपके जीवन साथी

और बच्चे आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे मान सम्मान आपको मिलेगा परिवार में किसी मांगलिक उत्सव में आज, आज आप शामिल होते हुए नजर आएंगे स्वास्थ्य के संबंध में आज विशेष सावधानी रखिएगा आज कुछ आपको सिरदर्द की माइग्रेन की शिकायत हो सकती है और यहाँ पर वाहन भी आज सावधानी पूर्वक यदि आप चलाते हैं तो ठीक रहेगा अन्यथा कोई दुर्घटना होती हुई दिख रही है

आज अचानक से आपको शाम तक की कोई लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इस लाभ के कारण आपको जो है कुछ मन में संतोष आएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज नहाने वाले जल में थोड़ा सा दही डालकर के स्नान करिए और यदि हो सके तो कार्य स्थल पर निकलने से पहले गाय को गुड़ और रोटी जरूर खिलाइए आपके लिए शुभ कलर जो रहेगा ये रेड रहेगा शुभ अंक रहेगा आठ राशिफल की अगली राशि आती कन्या राशि

कैसा रहेगा आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए तो आज कोई महत्वपूर्ण पद आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा अधिकारियों से पूर्ण सहयोग मिलेगा आपको आमदनी व्यापार और अन्य उपक्रमों से काफी जो है कुछ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा नौकरी पेशा यदि आप हैं तो आय में कुछ एक्स्ट्रा वृद्धि हो सकती है पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं कुछ धार्मिक हो सकते हैं वही व्यापार से रिलेटेड मामलों में आज, आज आपके भाग्य के सितारे बुलंद रहेंगे कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं कोई नई पार्टनरशिप आज आप शुरू कर सकते हैं आज जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छे आपके

के के उपाय तो संतान के पक्ष से कोई शुभ समाचार भी पहली बार तो आपको प्राप्त होगा तो उपाय के तौर पर कोशिश कीजिए कि आज के दिन विष्णु सहस नाम का आप लोग पाठ करिए और यदि हो सके तो आज गाय को चने की दाल अथवा केला आप लोग जरूर खिलाइए

और शुभ कलर की बात करते हैं तो आपके लिए आज का शुभ कलर रहेगा व्हाइट शुभ अंक रहेगा नौ राशिफल की अगली राशि आती है तुला अर्थात लिब्रा कैसा रहेगा आज का दिन तो तुला राशि के जात को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त करते हुए आज आप नजर आएंगे कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आज, आज आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आ रही है कुछ महत्वाकांक्षाएँ जो आपने पाल रखी थी वो आज पूर्ण होने का अवसर बन रहा है और आज

आप एक समृद्ध और सुखी पारिवारिक जीवन का आनंद उठाते हुए नजर आएंगे परिवार में कोई मांगलिक उत्सव हो सकता है बच्चों के प्रदर्शन से आज आपको मन में कुछ गर्व होगा आज आपकी संतान उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाती हुई भी दिखाई पड़ रही है आज कार्य क्षेत्र पर आपको जो है विरोधियों का जो सामना करना पड़ रहा था इससे कई हद तक की निजात मिलेगा आपके जो शत्रु हैं ये स्वतः ही दबते हुए नजर आएंगे लेकिन कोई छोटी मोटी बीमारियों से आज आप घिर सकते हैं परेशान हो सकते हैं माता के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा

कैसा रहेगा आज का दिन तो वृश्चिक राशि के जात को आज खास करके नरेंद्र मोदी जी आज, आज आप प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं तो हमारी तरफ से बधाई चुकी है आपकी भी वृश्चिक राशि है तो भाग्य का आज आपको भरपूर साथ मिलेगा

क्योंकि आज आपका जो चंद्रमा है ना ये पंचम भाव से तो आज ख्याति वृश्चिक राशि वालों को ख्याति बहुत दूर तक प्राप्त होगी कोई नए जो है समारोह में शामिल होते हुए नजर आएंगे आपकी ख्याति बहुत ज़्यादा जो है बढ़ती हुई नज़र आएगी वृश्चिक राशि के जातकों को कोई ऐसा कार्य करेंगे किसी प्रभावशाली लोगों से आज आपकी मुलाकात भी संभव है और देखिए हमारी भी चूँकि वृश्चिक राशि है और हम भी तीस तारीख को कई प्रभावशाली लोगों से देखिए मुलाकात कर रहे हैं तो जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें होती हैं

अरे भाई नरेंद्र मोदी जी किसी बड़े लोगों से मिलेंगे तो हम छोटे लोगों से मिलेंगे लेकिन मिलेंगे जरूर तो प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ आज आप लोगों का संपर्क स्थापित होता हुआ नजर आएगा वृश्चिक राश के जो, जो है जातकों को भौतिक सुखों में वृद्धि प्राप्त होगी आपके कंधों पर रिस्पांसिबिलिटी बहुत ज्यादा आएगी जो नौकरी पेशा जाता है उनके लिए समय बहुत ठीक ठाक रहने वाला है व्यापार में नए निवेश से

परहेज करने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं संतान पक्ष को लेकर के कोई गुड न्यूज़ आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी आज इनकम के नए मार्ग खुलेंगे यात्राओं का योग बन रहा है किसी धार्मिक उत्सव में आज आप शामिल हो सकते हैं आर्थिक स्थिति में भी स्थिरता रहेगी लेकिन कुछ अनावश्यक खर्चे भी आज, आज आपके बढ़ेंगे वैवाहिक जीवन में कुछ सुधार संभव है लंबी बीमारी से जूझ रहे व्यक्तियों को आज राहत मिलती हुई नजर आएगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो सबसे पहले आज कोशिश कीजिए कि

भगवान भोलेनाथ के जो है चरणों में जाइए दूध का अभिषेक करिए और दूसरा विष्णु सहस्त्र नाम यदि आप पढ़ सकते हैं ग्यारह पाठ ही कर सकते हैं तो करिए एक पाठ कर सकते हैं करिए लेकिन पूर्वक करिए जब तक पूर्वक नहीं करेंगे किसी भी पूजा पाठ का आप लोगों को लाभ नहीं मिलेगा दूसरा आज आपको सूर्य जी को अर्घ देना सूर्यदेव को अर्घ्य देना तो जल में हल्दी डाल करके अर्घ दीजिए सूर्यदेव को और आदित्य हृदय स्त्रोत वहीं बैठ के पढ़िए

शुभ कलर पर आ जाते हैं तो आपके लिए शुभ कलर रहेगा येलो शुभ अंक रहेगा आपका पांच नंबर फाइव हमारी राशिफल में जो अगली राशि आती आती है धनु राशि कैसा रहेगा तो आज कोई नया वाहन कोई नया भूमि का टुकड़ा

कोई भूखंड अथवा कोई फ्लैट अथवा कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैजेट अथवा कोई लग्जरियस लाइफ से रिलेटेड कोई सामान आप लोग परचेस करते हुए नजर आएंगे नौकरी पेशा जातकों को तरक्की मिलेगी व्यापारी एवं व्यवसायियों के लिए व्यापार में बेहतरी की संभावनाएं आज आपको वित्तीय स्थिति में सुधार होगा लेकिन इनकम आएगी और जाएगी बहुत तेजी से पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्वक रहेगा माता

पक्ष से लेकर के आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी आज आप दान और धर्म के कामों में शामिल होंगे और दोस्तों और शुभचिंतकों के साथ मौज मस्ती से आज आप अपना समय व्यतीत करते हुए नजर आएंगे उपाय क्या करना रहेगा आज तो कोशिश कीजिए कि आज के दिन आप लोग बरगद के वृक्ष पर पीपल नहीं आज आप लोग बरगद के वृक्ष पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध और हल्दी मिला के तब चढ़ाइए

और कोशिश कीजिए कि आज आप लोग जो है धर्म स्थान पर यज्ञ को पवित्र जानते होंगे जनेऊ बोलते हैं तो इसका दान आप लोग करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा नौ तो

ये तो धनु राशि का था लेकिन धनु के बाद हमारी जो अगली राशि आती है मकर राशि और दर्शकों देखिए आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग पूरा राशिफल सुनते हैं लेकिन आप लोग लाइक कम करते हैं तो हाथ जोड़ करके आप सभी सम्मानित दर्शकों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए और जो ये वीडियो चल रही है इसको आप लोग ज़रूर लाइक करिए क्योंकि बहुत ही अधिक परिश्रम से वीडियो बनती है और कुछ अगर कमी रह जाए तो कमेंट के माध्यम से भी आप लोग हमें बता सकते हैं ई कर सकते हैं

तो मकर राशि के जात को यदि आप व्यावसायिक संदर्भ में निर्यात या आयात से संबंध रखते हैं तो आपके लिए आज का दिन बहुत बड़ा रहने वाला है भागीदारों के लिए व्यवसाय विस्तार के संदर्भ में कोई नई साझेदारी होती हुई दिखाई पड़ रही है नए संपर्क नए रेफरेंस आज आपके स्थापित होंगे आज अपने पराक्रम के दम पर कुछ

नई उपलब्धि कोई नई ख्याति आप लोग जो है अचीव करते हुए नजर आएंगे परिवार से बहुत सारा प्यार स्नेह मिलेगा बच्चों से संबंधित समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा भाई बहनों का भरपूर साथ मिलेगा और व्यापार में भी आज आपको अपने छोटे भाई बहनों का साथ मिलता हुआ नजर आएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन यदि हो सके तो गाय को केला जरूर खिलाइए

और चने की दाल का दान आपको धर्म स्थान पर करना रहेगा आपके लिए जो शुभ कलर रहेगा ये येगा रहे येलो शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो राशि फल में हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि तो कैसा रहेगा कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो व्यवसायिक संदर्भ में आज बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे और एक उच्च सामाजिक स्थिति हासिल करेंगे कोई नया उद्यम शुरू कर सकते हैं और एक कोई बड़ी डील को अंतिम रूप आप देते हुए नजर आएंगे आज कुटुंब की तरफ से आपको लाभ मिलेगा

दूसरा आज कोई आपको फिक्स धन प्राप्त होगा यदि पूर्व में आपने कोई निवेश कर रखा है तो ये मान के चलिए कि आपको जो है अच्छा खासा आज आपको धन लाभ होगा पूर्व में किए गए निवेश चाहे वो एफडी हो फिर चाहे वो जो है आपका शेयर मार्केट से रिलेटेड हो म्यूचुअल फंड हो तो इन सब से रिलेटेड आज आपको एक्स्ट्रा धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है आज आपको अपने विरोधियों पर विजय हासिल होती हुई नजर आएगी कोई प्रसिद्धि का कारण आज आप बन सकते हैं पारिवारिक जीवन शांतिपूर्वक एवं खुशहाल रहेगा आज आपके पास नए अधिग्रहण

सकते हैं और स्वास्थ्य का आज आपको ध्यान रखने के सितारे यहां सलाह दे रहे हैं वहां सावधानी पूर्वक चलाइएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिए दिन यदि जरूर पाठ करिए आपके लिए शुभ कलर रहेगा यह रहेगा आज के दिन व्हाइट शुभ अंक रहेगा आपके लिए, रहे रहे रहे लिए छो तो राशिफल में हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि कैसा रहेगा मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन

तो ईमानदारी से किया गया कार्य आज आपका बड़ा फलने फूलने वाला है आज के दिन कोई नया फेम कोई नई ख्याति आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी सरकारी पक्ष से आज आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलती हुई दिख रही है आपके जीवन साथी के साथ संबंध आज आपके मधुर होंगे कोई ऐसा काम करेंगे जिसके कारण आज आप फेमस हो सकते हैं नए व्यापारिक अवसर आज

बिना खतरों के आपके जो है बनते जाएंगे कुछ कानूनी कार्रवाई यदि चली आ रही है तो इससे निजात पाने का आज का दिन है मीन राशि के जातकों के लिए आज यात्राओं का योग बन रहा है पारिवारिक संबंध आपसी आपकी आंतरिक शक्ति रहेंगी जो किसी भी कठिन समय में आपकी बुद्धिमानी और देखभाल दोनों का समर्थन करते नजर आएंगे आज आप में से जो है क्या कहते हैं कोई जो है कुछ जातक ऐसे जिनके नए प्रेम संबंध भी स्थापित होंगे नया प्रेम आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं

और कोशिश कीजिएगा कि माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिएगा उपाय क्या करना रहेगा मीन राशि के जातकों को तो मीन राशि के जातकों आज के दिन आप लोगों को करना ये रहेगा कि शिवलिंग पर दूध में थोड़ा सा शहद डाल दीजिएगा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए थोड़ा सा शहद डालिएगा और ओम नमः शिवाय मंत्र से आप लोग जाइए भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करिए तत्पश्चात हल्दी का तिलक आज आपको लगा करके कार्यक्षेत्र पर निकलना रहेगा

शुभ कलर पर आ जाते हैं तो आज आपके लिए सिल्वर कलर शुभ रहेगा शुभ अंक आते हैं तो आपके लिए तीन नंबर सर्वथा शुभ रहेगा

तो ये तो था हमारा मेष से लेकर के मीन राशि तक का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए और हाँ यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए बगल में मना बेल आइकन दबाइए हमारे इस वीडियो को आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं तो आप लोगों से हाथ जोड़कर के निवेदन है कि इस वीडियो को जमकर शेयर करिए और हमारे जो कार्यक्रम लगे हुए हैं आप लोग स्क्रीन पर भी देखिए दर्शकों देख लीजिएगा हमारे फेसबुक पेज को आप लोग लाइक करिए ट्विटर पर हमको फॉलो कर सकते हैं तो दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार